सही जाए ना क्यों हर सुबह तू मेरे सासों में समाय ना आ जाना तू मेरे पास कूँगा इतना प्यार में कितनीत गुजारी तेरे इंतजार में